नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष के इस क्रांतिकारी चैनल अष्टोमिदासी पे दर्शकों आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि लग्न में ग्रहों के राजा सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा तो यदि आपकी भी कुंडली में लग्न में सूर्यदेव विराजमान हैं तो ये ये लक्षण आप में पाए जाएंगे तो चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं देखिए दर्शकों सूर्य जो है ये ग्रहों का राजा है बेसिकली सिंह राशि जो है सूर्य की अपनी स्व मानी जाती है सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं तो यदि लग्न में सूर्य की स्थिति मजबूत अवस्था में है तो सौभाग्य का दायक ये माना जाता है दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि मकर कुंभ मीन मेष वृषभ और मिथुन में लग्नस्थ सूर्य जातक को बहुत ज़्यादा जो है अहंकारी स्वार्थी तथा सत्ता का लोभी भी बनाते हैं लेकिन यदि यही सूर्य कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक तथा धनु में है तो जातक को गुड़ी बनाते हैं बनाते हैं, दयालु बनाते हैं बुद्धिमान बनाते हैं और एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों यदि लग्न में सूर्य देव विराजमान है ना तो ये जान जाइए कि आपकी हाइट लंबी होगी तो लंबा कद होगा शरीर आपकी जो है फिट एंड फाइन होगी जिम वगैरह आप जाते होंगे डोले शोले बनाते होंगे और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ ये देता रहता है दृढ़ स्वभाव धैर्यशीलता स्वाभिमान उदार व महत्वाकांक्षी भी लग्नस्थ सूर्य बनाता है इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि लग्न में आपके सूर्यदेव विराजमान हैं तो सूर्य के समान उन्नति आपको मिलेगी सूर्यदेव को आप देखते हैं ना प्रातःकाल कैसे जो है सनसाइन जो है होते हैं सनराइज कैसे होते हैं तो इसको आप देखिएगा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे तो बाल काल में जितना ज़्यादा आपको सुख मिलता है उससे कहीं अधिक सुख युवा अवस्था में मिलता है और प्रौढ़ जो है अवस्था में फिर आप उसको जो है युवा अवस्था का सुख भोगते हैं लग्नस्थ सूर्य प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंदर देता है कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देता है नेतृत्व की जो क्षमता होती है ये लग्न में बैठे सूर्य का परिचायक है जिनके लग्न में सूर्य होता है वो अपनी अधिकारों के प्रति बहुत सजग रहते हैं और अपने अधिकारों का हनन उनको बर्दाश्त नहीं है जो एक बफर जोन होता है व्यक्ति का उसमें यदि कोई जो है डिस्टर्ब कर दे तो वो उनको कभी बर्दाश्त नहीं होता है कभी कभी अपने और अपने लक्ष्यों के प्रति सजगता इतनी हावी हो जाती है कि वो दूसरों के प्रति लापरवाही करने लगते हैं लग्नस्थ सूर्य जो रहेगा सिर से संबंधित कोई रोग या चोट का खतरा देता है कब जब सूर्य नीच के होते हैं या सूर्य का राहु के साथ ग्रहण योग का कॉम्बिनेशन बनाता है या राहु की दृष्टि रहती है नेत्र रोग रोग का खतरा बना रहता है त्वचा संबंधी भी विकार इसमें आते हैं लग्न में सूर्य कभी कभी जातक को विदेशी संबंध या विदेश जाकर धन कमाने की स्थितियां पैदा कराता है तमाम हमने ऐसी कुंडलियों का अध्ययन किया है कि जिनके लग्न में सूर्यदेव नीच के हैं लेकिन वो विदेश जा करके अच्छे जगह जो है सेटल हुए हैं और खूब धन उन्होंने कमाया है वहीं उच्च कसूर यदि आपकी कुंडली में बैठा है तो प्रशासनिक सेवा में भी जाने के तमाम योग सुअवसर प्रदान करता है लग्नस्थ सूर्य जातक को असंतोषी भी बनाता है जी हां आपके अंदर संतोष नहीं होगा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा दूसरों को उत्साहित करने की क्षमता लग्नस्थ सूर्य जिनके रहता है ऐसे जातकों के बहुत अच्छी होती है पारिवारिक संबंध सामान्य रहता है जीवन साथी से थोड़ा बहुत क्लेश या दुख मिलता है मेष राशि मिथुन कर्क सिंह तुला मकर कुंभ और मीन राशि का सूर्य लग्न में होने से जातक कुशल नाटककार अभिनेता कलाकार किसी प्रशासनिक सेवा में रहता है वही धनु कर्क वृश्चिक और मीन राशि का लग्नस्थ सूर्य जातक को विद्वान गुड़ी और वाला बनाता है। कर्क लग्न में जातक को अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाला बनाता है वृश्चिक लग्न में जातक को कुशल चिकित्सक बनाता है, सर्जरी से रिलेटेड जो सीएमओ की पोस्ट आप लोगों के जिले में होती है कोई चिकित्सा अधिकारी भी ये बना देता है उच्च राशि स्थित सूर्य या शुभ ग्रह की दृष्टि युक्त लग्नस्थ सूर्य जातक को नैतिकतावादी श्रद्धा और इनके ऊपर आप लोग बहुत आसानी से विश्वास पात्र कर सकते हैं आप आपके विश्वास का पात्र बनाता है सामाजिक पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान की स्थिति भी बनती है अग्नि तत्व राशि की यदि हम बात करें मेष सिंह धनु की तो यदि इसमें सूर्यदेव लग्न में बैठे हुए हैं तो बाल्यावस्था में चेचक और खसरा रोग देते हैं जातक शांत और विनम्र दिखाई पड़ेगा परंतु सूर्य यदि अग्नि तत्व जो है राशि में है तो जातक को महत्वाकांक्षी सत्ता लोभी क्रोधी हटी तथा कभी कभी आक्रामक बनाता है बात बात पे चिड़चिड़ापन गुस्सा होना किसी को बर्दाश्त ना करना कार्य क्षेत्र में आपके जो सहकर्मी रहेंगे उनको उनके ऊपर आप हावी रहेंगे और उनको आप अपने ऊपर कभी भूल से भी नहीं हावी होने देंगे यदि हम भू तत्व राशि की बात करें तो वृषभ भूतत्व राशि कौन कौन सी है वृषभ मकर कन्या तो यदि यहां पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो क्रमशः नेत्र रोग यहाँ पर आपको दे देंगे जातक थोड़ा सा यहां पर जो है अपनी मर्यादाओं का जो है हनन करता है मतलब जातक को कह सकते हैं कि मनमानी करने वाला प्रतिष्ठित लोगों को उचित सम्मान ना देने वाला अपनी धुन का पक्का एवं अथक परिश्रमी होता है तो ये सब लक्षण देखिए पाए जाते हैं वही वायु तत्व राशि की बात करें तुला कुंभ मिथुन वायु तत्व राशि है यदि इसमें सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो ये जान जाइए कि आप लोगों को बुखार बहुत जल्दी जल्दी होगा आप लोगों को वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी रहेगा मौसम बदलेगा तो आप अपने आप को जल्दी से उस मौसम के अनुरूप नहीं ढाल पाएंगे लेकिन जातक न्यायप्रिय रहेगा उदार रहेगा कला व साहित्य का प्रेमी रहता है जल तत्व राशि की यदि हम बात करें कर्क वृश्चिक मीन है यदि यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो खास करके हृदय से रिलेटेड कोई जो है रोग आता है रक्त संबंधी कोई विकार रहता है खांसी तथा ज्वर की संभावनाएं बहुत अधिक बनी रहती है जातक का मन विपरीत लिंग के प्रति या यूं कहें कि सुंदर स्त्रियों के प्रति अधिक आकर्षित रहता है तो ये सब चीजें लग्नस्थ सूर्य की दर्शकों निशानी है कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा दर्शकों यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन दबाइए और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करें तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं पुनः फेसबुक पेज पर यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो के नीचे जो शेयर का ऑप्शन है उसको जमकर शेयर करिए शेयर रुकना नहीं चाहिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए में तब तक के लिए नमस्कार